गीता का बखान करने को और भारत को पुनः महान करने को बोलो कहना तुम फिर आओगे बोलो का। मैं भगवान श्री कृष्ण को लेके कुछ छोटी सी कविता आप लोगों के सामने रखता हूँ भगवान श्री कृष्ण से मैंने यही आह्वान किया था कि कृष्ण कन्हैया कहलाने को कृष्ण कन्हैया कहलाने को मुख में ब्रह्मांड बसाने को सुदामा को सखा बनाने को माखन मिश्री खाने को गोमाता को मान दिलाने को और वो मुरली की तान सुनाने को बोलो कहना तुम फिर आओगे बोलो कहना तुम फिर आओगे अधर्म पर विजय करने को अधर्म पर विजय करने को धर्म की जय जय करने को अधर्म पर विजय करने को धर्म की जय जय करने को असत्य के भेद खोलने को असत्य के भेद खोलने को अन्याय विरुद्ध फिर बोलने को शिशु पालों के अपशब्द रोकने को बोलो काना तुम फिर आओगे बोलो काना तुम फिर आओगे शांति प्रस्तावों को लाने को शांति प्रस्तावों को लाने को द्रौपदियों की लाज बचाने को अर्जुन को युग धर्म बताने को विराट स्वरूप दिखाने को सुदर्शन चक्र चलाने को बोलो काना क्या तुम फिर आओगे बोलो काना तुम फिर आओगे के राधा के बिन तरसने को राधा के बिन तरसने को मीरा के मन में बसने को राधा के बिन तरसने को मीरा के मन में बसने को सुर की आंखें बनने को सुर की आंखें बनने को गीता का बखान करने को और भारत को पुनः महान करने को बोलो कहाना तुम फिर आओगे बोलो कहाना